सो हे गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी अर्थ को जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है मेरी बाकी की वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाली है सो गाइस विदाउटिंग तब की बात है जब हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बची थी क्यूँकी हम इंसानों ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और पूरी मानव जाति खत्म होने के कागार आरोप आ गयी थी लेकिन तब मानव जाति को बचाने के लिए रेंजर्स की एक टीम को तैयार किया गया जिन्होंने हजार साल पहले धरती के सारे मानव जाति को नई ग्रह

पर बसा लिया था और इस ग्रह का नाम होता है नोवा फ्रेंड रेंजर्स किसी तरह सारी मानव जाति को दूसरी ग्रह पर बसा तो लेते हैं लेकिन उस ग्रह पर भी एलियंस अटैक कर देते हैं दरअसल ये अटैक एलियंस नहीं करते बल्कि वो अपने ग्रह के बड़े बड़े खतरनाक क्रिएचर को इस ग्रह पर ला कर छोड़ देते हैं इन खतरनाक क्रिएचर को अरसा कहा जाता था और ये खतरनाक क्रियचर इंसानों की मौत बनकर इस ग्रह आरोप तबाही मचाने लगते है और फिर ऐसी एक बार मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो जाता है लेकिन इन खतरनाक जानवरों की एक कमजोरी होती है

कि इनकी आंखें नहीं होती जिस वजह से ये कुछ भी देख नहीं सकते थे लेकिन बावजूद इसके ये इंसानों के लिए खतरा होता है क्योंकि ये इंसानों को उनके पसीने की बदबू से पहचान लेते जब भी कोई इंसान डरता तो उसका पसीना निकलता और फिर ये उसे सूंघ मार देते और हालात इतने खराब हो चुके थे की दोबारा ऐसी मानव जाति खत्म होने के कागार आरोप आ चुकी है और फिर ऐसी एक बार दोबारा रेंजर्स की जिम्मेदारी है की वो मानव जाति को बचा ले क्यूँकी हजार साल पहले भी मानव जाति को रेंजर्स नहीं बचाया था जिसके बाद अब

और इन क्रिएचर के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में अरसा हम इंसानों पर भारी पड़ रहे होते हैं लेकिन इस भयंकर युद्ध में एक रेंजर सामने आता है जो कि अकेले ही सारे अरसा पर भारी पड़ जाता है और इस रेंजर का नाम होता है सेफर रेड और ऐसा इसलिए होता है क्यूँकी सैफर जब लड़ता है तो वो बिल्कुल बेखौफ होकर लड़ता है जिसके कारण इसे बिल्कुल भी पसीना नहीं आता और अरसा को ये दिखता ही नहीं था और अब सारे रेंजर्स को उनकी कमजोरी का पता चल जाता है जिसकी वजह ऐसी हम इंसानों

इस युद्ध में जीत हो जाती है लेकिन फिर भी कई अरसा बच जाते हैं जिन्हें अभी खत्म करना बाकी होता है

इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैफर रेज का बेटा बचपन से ही अपने पिता की तरह एक रेंजर बनना चाहता है क्योंकि उसके पिता की एक बहुत ही बड़ी छवि होती है और वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहता है रेंजर बनने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और इसके लिए वो ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लेता है इसके बाद जब उसका रेंजर बनने के लिए टेस्ट किया जाता है तो वो रिटर्न एग्जाम में काफी इम्प्रेसिव मार्क लाता है लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता और इसका कारण होता है उसकी खुद की बहन दरअसल उसके सामने ही एक अरसा ने उसकी बहन को मार दिया था हालाँकि तब वो बिल्कुल

छोटा था लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है क्योंकि उसकी बहन उसे बचाने की मकसद से मारी गई थी और तब किटाई कुछ भी नहीं कर पाया था और यही वजह है कि आज भी उसके दिल में अरसा का डर बैठा है इसी वजह से उसे रेंजर बनने के लिए डिस्कवालीफाई कर दिया जाता है इसके बाद रात किटाई अपने परिवार के साथ जब डिनर टेबल आरोप होता है तो वो बताता है की वो रेंजर नहीं बन पाया और ये सुनकर उसके पिता काफी नाराज हो जाते हैं दरअसल सैफर अपने बेटे ऐसी हमेशा नाखुश रहते हैं इस वजह ऐसी किटाई हमेशा निराश रहता था क्यूँकी उसके पिता कभी भी उसे एक पिता

की तरह ट्रीट नहीं करते हालांकि सैफर भी यही चाहता है कि उसका बेटा एक रेंजर बने लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है सैफर अपनी पत्नी को बताता है कि ये उसका आखिरी दौरा होगा और फिर इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा और कल ही उसे ट्रेनिंग को करने जाना होगा के साथ इस मिशन आरोप जाना चाहता था लेकिन उसके पिता उसे मना कर देते हैं जिसके बाद उसकी पत्नी उसे समझाती है की उसके बेटे को कोई कमांडिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं बल्कि एक पिता की जरूरत है वो हर काम को दिल ऐसी करता है और तुम्हें उसकी मेहनत को देखने की जरूरत है इसके बाद

अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब सारे रेंजर एविटोस के लिए निकल जाते हैं और जब ये रस्ते में होते हैं तभी इनका स्पेसिफ एक मिटोर के तूफान में फंस जाता है और इस स्पेसिप में एक अर्सा भी होता है जिसे ये लोग अपने ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे थे अब क्यूँकी इनका स्पेसिफ उल्का के तूफान में फंस जाता है तो साइफर स्पेसिप को लासिया गा की तरफ मोड़ने को कहता है लेकिन उसके लिए भी इन्हें पहले इस तूफान ऐसी बचना होगा जब ये तूफान ऐसी बचने की कोशिश करते है तो इनकी स्पेसिप को काफी नुकसान पहुँचता है और साथ ही इनकी

में भी खराबी आ जाती है जिस वजह से इनका स्पेसिप अनियंत्रित तरीके से एक ग्रह की ग्रेविटी में खिल जाता है और जैसे ही स्पेसिप उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, तो इनके स्पेसिप के दो टुकड़े हो जाते हैं और जब इनका स्पेसिप उस ग्रह में क्रैश हो जाता है तो स्पेसिप में मौजूद सारे मेंबर्स मारे जाते हैं सिवाय किटाई और उसके पिता के लेकिन उसके पिता साइफर बुरी तरह ऐसी जख्मी हो जाते हैं और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है जिस वजह ऐसी वो चल फिर नहीं सकते थे साइफर अपने बेटे ऐसी वो इंस्ट्रूमेंट लाने को कहते हैं जिसे वो इस प्लेनेट के बाहर सिग्नल भेज

हैं। लेकिन जब वो उसे लाने जाता है तो वो देखता है कि बेकन पूरी तरह से टूट गया है और अब इस बात से सेफरेज़ बहुत निराश हो जाता है क्योंकि अगर इन्होंने सिग्नल नहीं भेजा तो कोई भी इन्हें नोवा प्राइम से बचाने नहीं आएगा और इनकी इसी ग्रह पर मौत हो जाएगी सेफरेज़ अपने बेटे किटाई ऐसी कहता है की स्पेसिप में दो बेकन थे और एक बेकन स्पेसिप के दूसरे टुकड़े में था जिसमे अरसा कहता जिसे ये लोग अपने ट्रेनिंग के लिए वहाँ ले जा रहे थे किटाई को अब स्पेसिप के दूसरे हिस्से तक जाना है ताकि वो उस बेकन को हासिल कर मैसेज को भेज सके लेकिन स्पेसिप का दूसरा हिस्सा उनसे

सौ किलोमीटर की दूरी पर है और इस ग्रह का हर एक जीव इंसानों के लिए खतरा है यहाँ पर सैफर अपने बेटे किटाई को कहता है कि जिस प्लेनेट में हम दोनों अभी हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही पृथ्वी है जिसे हम इंसानों ने बर्बाद कर दिया था लेकिन इंसानों के जाने के बाद ये पृथ्वी फिर से पहले जैसी हरी भरी हो गयी है लेकिन अब इंसानो को इसके एटमोसफेयर में सांस लेने में दिक्कत होती है क्यूँकी इंसानो को अर्थ को छोड़े हुए हजार साल ऐसी भी ज्यादा समय हो गया है जिससे उन्हें उन्ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो हजार साल पहले इंसानों को नोवा प्राइम में करना पड़ा था अब

सैफर अपने बेटे किटाई को छह इनहेलर्स और मिडकिट देता है साथ ही वो अपने बेटे किटाई को अपना एक हथियार भी देता है जिससे बायस अलग अलग तरह के हथियार खोले जा सकते हैं इसके साथ ही किटाई के सूट और बैकपैक में डिजिटल कैमरास लगे होते हैं जिससे सैफर उसे देखकर उसे गाइड कर सकता था और उसे रास्ता बता सकता था इसके बाद किटाई उस स्पेसिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने निकल जाता है और सैफरेज उसे गाइड करता रहता है अब जब वो रस्ते में होता है तो उसके पिता उसे बताते हैं की उसके तरफ कुछ आ रहा है और वो उस तक पहुँचने ही वाला है जब किटाई अपने आस देखता है तो

उसके ठीक ऊपर एक बंदर होता है सैफर के मना करने के बावजूद भी किटाई उस पर पत्थर मार देता है जिसके बाद वो बंदर बाकी साथी बंदरों को भी बुला लेता है और किटाई की कुटाई करने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है किटाई किसी तरह उनसे बचकर नदी तो पार कर लेता है लेकिन वो अभी भी दौड़ ही रहा होता है तभी उसके पिता उसे कहते है की उन बंदरों ने तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया है तुम रुक जाओ लेकिन किटाई बहुत बुरी तरह ऐसी डर चुका था जिससे उसके कदम थमने का नाम ही नहीं लेते लेकिन सैफर के डाटने के बाद वो फाइनली रुक जाता है तभी उसके पिता सैफर उसे बताते हैं की उसके खून

तेजी से बदलाव हो रहा है और किटाई भी कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सैफर उसे कहता है कि वो अपनी बॉडी को अच्छी तरह से देखे तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक कीड़ा होता है और इसी वजह से किटाई को चक्कर आ रहे हैं किटाई जल्दी से उस कीड़े को हटाता है लेकिन तब तक उस कीड़े का जहर किटाई के पूरे शरीर में फैल चुका था जिससे किटाई को दिखना बंद हो जाता है और साथ ही उसके आधी बॉडी पेरालाइज भी हो जाती है उसके पिता सैफरेज उससे कहते है की वो मेडिकल किट ऐसी पॉइजन का इंजेक्शन निकाल अपने हाथों में लगाए लेकिन किटाई की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी इसीलिए वो अपने हाथ आरोप

भी नहीं लगा पाता जिसके बाद सैफर कहता है कि वो इंजेक्शन को दिल आरोप लगाकर नीचे जमीन पर गिर जाए ताकि इंजेक्शन उसे लग जाए किटाई ऐसा ही करता है कुछ घंटों के बाद किटाई फिर से ठीक हो जाता है किटाई को आगे की यात्रा जारी रखने के लिए सैफर उसे इन्हेलर लेने को कहता है और जब किटाई अपनी मेडिकेट को खोलता है तो वो देखता है की दो इन्हेलर टूट चुके हैं सैफर उसे पूछता है की कि अब कितने इन्ेलर बाकी है तो वो अपने पिता ऐसी झूठ बोल देता है की अभी चार इन्ेलर बाकी है लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो उसकी हड्डी तेज हो जाती है जिससे सैफर को उस पर सकोने लगता

है। लेकिन बावजूद इसके किटाई अपने आगे की यात्रा जारी रखता है कुछ आगे जाने के बाद किटाई को एक बहुत बड़ा वाटरफॉल दिखाई देता है अब सफर अपने बेटे किटाई को कहता है कि वो अपने मेडिकेट को दिखाए अपने पिता के कहने पर किटाई अपने पिता को मेडिकेट दिखाता है जिससे इसको पता चल जाता है अब बस दो इनहेलर बाकी है तो वो किटाई को वापस आने के लिए कहता है लेकिन किटाई साफ मना कर देता है और झरने में कूद जाता है और जब वो नीचे गिर रहा होता है तभी सफर उसे बताता है की तुम्हारे पीछे कुछ आ रहा है और ये एक बहुत बड़ी चील होती है इसके बाद वो चील

किटाई को पकड़ लेता है और जब किटाई की आंख खुलती है तो वो खुद को उसके घोसले में पाता है जहाँ पर उसके बच्चे भी होते हैं तभी कुछ अजीब तरह के कैट फैमिली के जानवर चील के बच्चों पर हमला कर देते हैं हालांकि किटाई उन बच्चों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो कैट फैमिली के जानवर उस चील के सारे बच्चे को मार देते है और ये देख किटाई को भी दुख होता है की वो उन्हें बचा नहीं पाया अब जब किटाई यहाँ ऐसी आगे की यात्रा आरोप निकल जाता है तो वो चील भी उसका पीछा करने लगती है इसी बीच वो देखता है की उसका वो गैजेट जो उसके हाथ ऐसी अटैच था और जिससे वो अपने पिता ऐसी कम्युनिकेट कर पा रहा था वो गायब

चुका है लेकिन फिर भी वो सूझबूझ से काम लेकर अपनी यात्रा सही दिशा में जारी रखता है आगे जब किटाई रस्ते में होता है तो वो अपने मेडिकिट में बचे आखिरी इनहेलर भी ले लेता है वो शाम को अपने रहने की जगह ढूंढने लगता है लेकिन इससे पहले वो जगह ढूंढ पाता वो ठंड से जम जाता है और अब देखा जाता है की कोई चीज किटाई को खींच एक गड्ढे में रख देता है और इसके बाद वो खुद उसके ऊपर बैठ जाता है अब अगले दिन सुबह होती है तो किटाई खुद को एक गहरे गड्ढे में पाता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है जो चीज उसका पीछा कर रही थी जिसके बच्चों को उन कैट फैमिली के जानवरों ने

दिया था वो सारी रात किटाई को ठंड से बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर किटाई को गर्मी देती है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किटाई ने उनके बच्चों को बचाने में मदद करी थी हालांकि वो उसके बच्चे को बचाने में असफल हो गया था लेकिन वो चील उसे बचाने में कामयाब हुई किटाई उसे इसके लिए थैंक्स करता है लेकिन सारी रात इस ठंड की वजह ऐसी उस चील की जाँच चली जाती है और इसके बाद किटाई आगे की यात्रा जारी रखता है कुछ आगे चलने के बाद उसे एक स्पेसिप का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिसके बाद वो पेड़ आरोप चढ़ उस स्पेसिप के दूसरे टुकड़े को भी देख लेता है और जब वो स्पेसिप के दूसरे

हिस्से तक पहुंच जाता है तो वो पाता है कि जिस अर्सा को ट्रेनिंग के लिए वो लोग ले जा रहे थे वो अभी भी जिंदा है क्योंकि उसका पिंजरा टूटा हुआ होता है और उसके आसपास उसकी लाश भी नहीं होती यानी कि वो अरसा उस क्रैश लैंडिंग से भी बच गया था और अब फिर से एक बार किटाई के मन में डर पैदा हो जाता है इसके बाद किटाई को उस हिस्से के कॉपेट ऐसी इनहेलर और बिकेन भी मिल जाता है वो एक इनहेलर ले, ले लेता है और बिकेन ऐसी सिग्नल भेजने की कोशिश करता है साथ ही उसे दूसरे हिस्से में वो गैजेट भी मिल जाता है जिससे वो अपने पिता ऐसी संपर्क कर सकता है अब जब किटाई अपने पिता सेफरेट ऐसी कॉन्टैक्ट करता है

तो वो उन्हें बताता है कि वो उस हिस्से तक पहुंच गया और वो उन्हें ये भी बता देता है कि अब अरसा बिजरे ऐसी गायब हो चुका है लेकिन सिग्नल में दिक्कत होने के कारण किटाई अपने पिता की बात नहीं सुन पाता इसके बाद किटाई उस बीके सिग्नल भेजने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर बादलों में बिजली की बरत होने ऐसी सिग्नल नहीं जाता और इस बात ऐसी किटाई परेशान हो जाता है क्यूँकी उसे अरसा का डर भी होता है लेकिन अब वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने पिता की तरह ही सोचने लगता है उसे ध्यान आता है की उसके नॉर्थ के दिशा में एक पहाड़ है जिसके चोटी पे चढ़ सिग्नल को भेजने में आसानी होगी अब वो उस पहाड़ आरोप चढ़ाई करना

शुरू कर देता है लेकिन जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो अरसा उसको ढूंढने लगता है क्योंकि किटाई डरा हुआ था और अरसा डर को पहचान लेता है यहाँ पर किटाई समझ जाता है कि कुछ तो है जो उसकी तरफ पड़ रही है इसीलिए वो गुफा के अंदर चला जाता है लेकिन वो अरसा उसके डर को महसूस कर लेता है और वो भी उस गुफा में घुस जाता है अंदर गुफा में किटाई उस अर्सा ऐसी बचने की बहुत कोशिश करता है और उसके डर की वजह ऐसी अरसा उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है किटाई किसी तरह उससे बचने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन वो अरसा लगातार वार कर रहा होता है जिससे जख्मी होकर किटाई नीचे

गिर जाता है वही वो अरसा उसे पानी में भी नहीं छोड़ता और वहां उसे मारने के लिए चला जाता है लेकिन जब किटाई पानी में गिरता है तो उसके शरीर से पसीने की बदबू चली जाती है जिससे अब अरसा को उसे ढूंढने में मुश्किल हो रही थी लेकिन जैसे ही किटाई पानी से बाहर आता है अरसा उसके डर को पहचान कर उस पर अटैक कर देता है लेकिन किटाई किसी तरह उससे बच बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है बाहर निकल किटाई को लगता है की वो अरसा बाहर नहीं आ पाएगा क्यूँकी वो अंदर एक बहुत गहरे गड्ढे में फंस चुका है लेकिन किटाई को सरप्राइज देते हुए वो अरसा जख्मी हालत में गुफा ऐसी बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है

और अब वो काफी अग्रेसिव होता है लेकिन किटाई के पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और अब किटाई के मन में भागने की इच्छा भी नहीं है क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं जब एक अर्सा ने उसकी बहन को उसके सामने ही मारा था और ये सब पल याद करके अब किटाई के मन में उस अरसा के लिए बदले की भावना पैदा हो जाती है तो वही अब किटाई भी काफी गुस्से में होता है जिसके बाद किटाई उस हथियार को तैयार करता है जो की उसके पिता ने उसे दिया था और फिर किटाई उस अर्सा आरोप अटैक कर देता है क्यूँकी अब किटाई के मन में डर नहीं बल्कि उस अर्सा को लेकर बदले की भावना थी इसीलिए

अब उसे महसूस भी नहीं कर पाता और इसी बात का फायदा उठाते हुए किटाई अर्सा की अच्छे से कुटाई करता है और आखिरकार किटाई अर्सा को मार देता है अर्सा को मारने के बाद वो बीकेद से सिग्नल भेजने में भी कामयाब होता है वहीं किटाई के पिता उसकी बहादुरी को देख काफी खुश होते हैं बाद में किटाई अपने पिता के पास वापस आ जाता है मूवी केंड में हम देखते हैं की नोवा प्राइम ऐसी कुछ रेंजर उनकी मदद करने आ चुके हैं और वो इन दोनों को यहाँ ऐसी लेकर अपने नोवा प्राइम ग्रह आरोप चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहा